का बहुत बढ़िया पसंद आया ना तुम्हें बताओ <laughs> मेरी पता नहीं ये तो पता ये अरे मोटर तो आपके साथ है लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है मैम बिल्कुल दा। तो सुंदर समुद्र का शुक्रिया था हम लोगों को चलना चाहिए

라비바이 하체네 조비 첼로 퍼시펙트하게는 못해 아 이거는 사실은 तकरीबन खाली है हां

ये तो नहीं लगता। बात <says> <दाज़ीं। Says facial> <देदी। ंड़ीध> तो तुम्हें ठीक सही पर हम लोगों लो को दोनों पहले किसी को तो आना चाहिए समझ

तो किस लिए है बिल्कुल <laughs> <laughs> सब तो कुछ ठीक है ठीक है। आप तो बात मान लेते हैं। तो तो तो तो तो तो हैं। अच्छा है अच्छा में सब यही संभालते हैं हाँ मैं ही सब संभालता हूँ चलिए अपने हमारे मेरे चलिए मिस्टर जो

है, हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बहुत शानदार, खूबसूरत जगह है। वहाँ पे इतने जानवर भी बहुत हैं। इतने बच्चे लोग चलते हैं।

Potrzebuję, ja wiem, gdzie. Potrzebuję czegoś tylko. Sunie Mr. Hozen.